आज हो रहा था मेरा मूड खराब इसलिए मैंने पी ली थोड़ी सी शराब मैंने पी थी पहली बार इसलिए सर रहा था मेरा घूम घूम घूम और दिल कर रहा था झूम झूम झूम झूमते झूमते मैं उठा मैंने मैं पाव दरे ठाठा मैं गिरा और मेरा शकर टकराया उन टूदा बाठा मेरी सारी उतर चुकी थी नसीहत मेरे लग चुकी थी आज के बाद नहीं पीनी शराब यह चीज है बहुत खराब इसकी लत जिसके लग गई किस्मत उसकी बदल गई सारे घर न करके साफ किड़ी तक म घुस गई गर्मा रवै ना खान के दाने पर शाम ना पिका जरूर आने नाली में पड़े पड़े कावा से गाने एक पोवा दारू का पीना मैंने डोला मारू का कुत्ते मुँह रहे, वाले देख पाट रहे कब आवेगा गन्ना शराब भी मारी तो रह जिंदगी नरक बना दी ये सब देख के मैंने तो पकड़े दोनों कान दारू थ मारी आखरी राम राम ये वह थारी बारी दारू छुड़न की कर लो ते